कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और मैं जैसा बताना चाह रहा हूं बालक आप पीछे फट जाइए ठीक है सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं ना आप लोग मुझे सर ठीक है ठीक है देखिए आज की जो चर्चा हम शुरू कर रहे हैं ये मेरे साथ आप लोगों का पहला इंटरेक्शन है हमारी पहली चर्चा हो रही है और चूंकि मैंने पिछले चर्चा में आपसे बताया था कि हम छह तरह के आयामों पर बात करेंगे छह आयाम में मैंने बताया था कि पहला होगा बॉडी लैंग्वेज का दूसरा होगा राजभाषा नियम अधिनियम तीसरा मैंने बताया था कि आपको ई e टूल्स पे मैं ले चलूंगा चौथा मैंने बताया था कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान नियम नियम से ही आते हैं लेकिन प्रावधान थोड़ा सा अलग ढंग से बात करेंगे और फिर मैंने बताया था कि बैंकिंग शब्दावली से हम कुछ बातें करेंगे और बैंकिंग शब्दावली के बाद थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे बात करेंगे बैंकिंग से जुड़े हुए संबंधों पे तो आज की चर्चा में हम थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे और बॉडी लैंग्वेज पर मैं बात करूँ तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग किस लेवल तक का कॉन्फिडेंस जुटा पाए हैं बॉडी लैंग्वेज का पहला सूत्र होता है कि आप जब भी बात करेंगे जिससे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं मान लीजिए पैनल में पांच लोग बैठे हुए हैं तो जो भी आपसे प्रश्न कर रहा है आप उनकी आंखों में आंखें मिलाकर करके बात करेंगे आई टू आई कांटेक्ट होता है दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अपने बॉडी को स्टिफ नहीं करना है शरीर अकड़ा के नहीं बैठना है इस तरह से आपका सामान्य ढंग से जैसे घर में चाचा भैया के साथ बैठ के बात करती है वह पोजिशन रहेगा आपका किसी तरह का तनाव सिर पे नहीं, नहीं रखना है और आपको यह सोच के जाना है कि यह जो इंटरव्यू हो रहा है इंटरव्यू सिर्फ मेरी पर्सनालिटी जांच के लिए हो रही है इससे कोई लेना देना नहीं है जब मन में यह भावना रहेगा इससे फेल पास का भले ही होता हो लेकिन मन में यह भावना रहेगी कि फेल पास से मुझे कोई लेना देना नहीं है मैं अपना बेस्ट प्रदर्शन करूंगी या करूंगा तो आप समझिए इसमें किसी तरह की अड़चन आपको नहीं आएगी तो सबसे पहला मैं सवाल करूंगा स्वाति आप वीडियो ऑन करेंगे स्वाति जी मिनट हाँ बाकी सबको मैं ऐसे पांच पांच मिनट सबसे मैं बात करूंगा ठीक है आप वीडियो ऑन करिए तरह से ट्रायल और एडवाइस दोनों रहेगा आपके लिए अगर स्वाति से नहीं हो पा रहा है तो फिर बिना शर्मा जी हाँ स्वाति आग् वेरी गुड स्वाति मैं देख पा रहा हूँ आपसे जी नमस्ते आ, आप से मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा तो बाकी लोग ध्यान से देखेंगे हम दोनों को ठीक है स्वाति जी मैं शुरुआत करू इसके पहले मैं जानना चाहूंगा आप अपने बारे में कुछ बताएं आप जो बोल रही है आँख मोल रही, रही है हुँ. पूछने वाले की आंखों में डाल के बात करनी है आपको ध्यान रखना है मेरे बारे में बताने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद मेरा नाम स्वाति पांडे है और इस आने वाली 18 मार्च को मैं 24 वर्ष की हो जाऊंगी मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला से आती हूँ और मैं एक मध्यम साधारण वर्गीय परिवार से हूँ मेरे पिताजी भारतीय वाई होल आपको यह सब बताने की जरूरत नहीं की मैं मध्यम आप मनुष्य है या काफी है कभी अपने आपको वो मध्यम उच्च उस वर्ग में फसाना ही नहीं है ठीक है आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक जिले के अगर आपको गांव बताने का मन है तो गांव बता दीजिए नहीं बताना है तो भी चलेगा मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हूँ और फिर उसके बाद आप अपने स्टडीज पे लेके जाइए ठीक है की मैंने ये चलिए स्टार्ट करिएटार्टिंग से सर नहीं नहीं उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हूँ और वर्ष 2019 में मैंने अपनी बीए की पढ़ाई राजस्थान के जयनारायण विश्वविद्यालय से कंप्लीट की है और उसी विश्वविद्यालय से मैंने एम ए हिन्दी साहित्य की भी पढ़ाई वर्ष 2021 में की है और इसी वर्ष जनवरी में मैंने पीजीडीटी का कोर्स भी कम्प्लीट किया है जिसके परिणाम का भी मुझे इंतजार है बस, इतना ही और कुछ अपने बारे में जब बताने ध्यान दें सभी लोग ध्यान दें अपने बारे में जब बताने के लिए कहा जाए तो उसमें मुख्य चीजें क्या होती है आप सामने वाले को अपनी उपलब्धियां बताना चाह रही हैं मान लीजिए ठीक है आपके बायोडेटा तो में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं लिखी होंगी नहीं। तो आपको अपनी उपलब्धियां बतानी है जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि मैंने ग्रेजुएशन ये किया और ग्रेजुएशन से किया इस विषय में किया मैंने यह पढ़ाई किया उसके बाद आपको बताने मान लीजिए कि आप मॉनिटर रही हैं सर मैं क्लास टेन्थ में मॉनीटर रही हूँ मैं इस खेल कूद में या इस विधा में मुझे इतने इनाम मिले हैं अपनी जो भी उपलब्धियां आप बताएंगी हाईलाइट करेंगे ध्यान रखिएगा ठीक है उसके बाद उसके बाद कुछ पढ़ाई के अलावा क्या करती है अलग से उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगी ठीक है चलो उसके आगे जहाँ पर आप बता चुके वहां से फिर आगे शुरू करेंगे सर मेरी कुछ रुचियाँ हैं जिसमें से प्रमुख कुछ मैंने प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल से लेकर कॉलेज के सभी स्तरों पे कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया है होल्ड ऑन आपका जो मूवमेंट है जी. वो इंटरव्यू लेने वाले की तरफ नहीं हो रहा है आपकी जो आंखें हैं निगाहें हुँ. कहीं और जा रही हैं आपको मैंने क्या कहा कि जो भी आपसे आपका साक्षात्कार ले रहा हो आ, आप उसे आई कॉन्टेक्ट रखना है सर तो, जो अभी लेआउट जो जो आ रहा है है ना ना तो आपका सेक्शन वो लेको तो मुझे, है। है। आपको, आपको मुझे नहीं देखना है आपका जो आप आपको जो देखना है जिस तरफ स्टेज फॉरवर्ड आपके कैमरे में देखना है अभी तो आप अपने कैमरे से बात कर रही हैं ना जी जी ठीक है चलिए आगे बढ़ते है सर मेरी कुछ रुचिया है और उन रुचियों में आ, कुछ प्रतियोगिताओं में मैंने प्रतिभाग आ, कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया है अपने स्कूल से लेकर कॉलेज के सभी स्तरों पे आ, जैसे कि मैंने अपने कॉलेज के टाइम में एक यूथ पाल सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर आपकी आवाज नहीं आ रही आपका माइक म्यूट हेलो आवाज सुन पा रही है मेरी जी सर ठीक है चलिए शुरू करते हैं आगे उसके आगे उसके बढ़ते हैं सर मैंने कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लिया है जैसे कि स्पीच कंपटीशन क्विज कॉम्पिटिशन यूथ पार्लियामेंट और इसके अलावा आ, मुझे ड्राइंग पेंटिंग और कुकिंग में भी थोड़ा बहुत खाना बनाने में भी इंटरेस्ट है और वेरी, वेरी गुड रुक जाइए इसके ऊपर आप लोग मंथन कर लीजिएगा सभी लोग इस पॉइंट पे ध्यान देंगे ठीक है याद रहेगा जी एक मिनट नहीं आसा आपकी आवाज नहीं आ रही है चलिए मुझे सुन पा रही है ना अभी हेलो स्वाति जी सर लुटाप की आवाज नहीं आ रही मैं थोड़ा सा हाँ अब बोलिए आवाज आ रही मेरी हाँ सर आवाज आ रही है हम फिर एक दूसरे को सुन पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए सभी लोग जो लोग भी हैं आप लोग अपने बारे में कम से कम अधिक नहीं बोलना है दो से तीन मिनट में आपको एस्टिमुलेट कर देना है वैसे कॉलेज के जमाने में विभिन्न प्रतियोगिताओं में मैं भाग लेती रही हूं और मेरा यह स्थान रहा है ठीक है आ, अगले प्रश्न की तैयारी करें तब तक आ, मैं और कौन है नेक्स्ट नंदनी माइक वो ऑफ कर सकती हैं आप अपना स्क्रीन नंदनी नंदिनी आप वो करें सर दो नंदिनी है आप आप कोई नंदनी आ जाए दोनों में से कोई भी तो पहले आ सकता है ना आप ऑन कर लीजिए नंदिनी शाव जी अंकल जिनको जो तैयार हो अपना माइक वीडियो ऑन कर लें जो भी आपने से तैयार हो वीडियो ऑन करिए मैं एक बार आप लोगों का देखना चाहता हूँ वो बॉडी लैंग्वेज देखना चाह रहा हूँ की आप बात कैसे करती है वहां इंटरव्यू में ऑन करो जी अंकल करती हूँ देर हो रही है तब तक आप रही है हाँ, ठीक ठीक। हाँ, नेक्स्ट कौन है? बीना टाइम मत वो करें आप लोग एक एक करके ऑन होते जाएं दस ही लोग तो हैं चलिए बीना शर्मा जी बीना शर्मा जी, जी, जी, जी आप सर। आप वो ऑन करिए ना तो आप। वीडियो करिएन करिए कॉन्फिडेंस लेवल देखना है मुझे ज्यादा वो नहीं है ठीक है वीना जी जब भी आप बैठेंगी बैठेंगी ध्यान चेयर अगर हो तो आराम से आ, मैं तो हाँ तो आपके तेरे बारे तेरे में जानना आप अपने बारे में मुझे बताएं तो मेरा बोले था हाँ हमारी तरफ तो नहीं देखना है धन्यवाद सर मुझे ये अवसर देने के लिए अपने बारे में बताने के लिए मेरा ग्रेजुएशन पास किया है उसके बाद दो हजार सत्रह में मैंने इग्नू से हिंदी में मास्टर्स किया है उसके बाद मैंने पीजी डिट्री का कोर्स दो में कम्प्लीट किया है सर दो हजार तेरह में मैं एक टेली शॉपिंग कंपनी में एज ए टेली कॉलर के रूप में जॉब किया है 2014 में मैंने एक एन ज्वाइन किया था जहां पर मैं एक एज ए टीचर के रूप में काम की हूं। उसके बाद 2018 से 2019 तक मैं एक स्कूल में पढ़ाई हूं, वहां पर मैं बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा देती थी इसके अलावा एक मिनट में आपको रोकूंगा बिना एक मिनट में रोकूंगा आपको मैंने कहा मैंने आपको यह बताया कि आपको स्पष्ट रूप से छोटे में बोलना है तो सर मैंने स्कूल में पढ़ाया है एक एनजीओ में मैंने काम किया है यहाँ से शॉर्टकट में निकल जाना है ठीक है और आपने जो अगर अपने पढ़ाई के बारे में बता रही है तो पढ़ाई के बारे में सिर्फ आप इतना बता जाइए कि मैंने ग्रेजुएशन हिंदी विषय से किया है इस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से इस विषय में किया दैट उतना काफी रहेगा ठीक है अच्छा हाँ अधिक बताने का मतलब है समय अधिक जाएगा ना ठीक है आगे बढ़े हम लोग चलिए मैं थोड़ा सा आपसे हट के प्रश्न करूंगा बिना सिंस यू हैव कम फ्रॉम हैंगाल i would like to know your political opinion about the political happenings in west bengal agar agar nahi samajh payi ho to fir se kahenge ki sir sun nahi payi please repeat your question darne ki baat nahi hai ha ha sir sir sir tumhe thoda sunai nahi diya to phir se aap kya repeat kar sakte hain नहीं सुन पाया मैं आपको फिर से सर मैं सुन नहीं पाई से तो क्या आप एक बार रिपीट कर सकते हैं हाँ मैं कहना चाह रहा था कि सिंस यू हैव कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल आई वुड लाइक योर ओपिनियन अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सीनियर इन योर स्टेट समझ पाई मैंने क्या कहा मैंने कहा पश्चिम बंगाल और आपके आपके हाँ। राज्य में पॉलिटिकल सीनियर क्या पूछा किसी से भी पूछा जा सकता है तो आपको जब ऐसे प्रश्न मिले कई बार ऐसे प्रश्न करते, करते हैं, हैं लोग भले ही आपको ईज पे करने के लिए या आपको कठिनाई डालने के लिए तो आपका जवाब होगा सर की मैं उस राज्य में रहती हूँ पोलिटिकली सब कुछ ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ये बोल के हट जाना है आपको न इधर रहना है ना उधर रहना है और बताने की सर मैं सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जब सर, वोट देना होता है तो आपका आवाज आवाज सर वो हाँ अभी देखिए अभी आवाज आ रही है क्या हेलो हाँ सर अभी आवाज सुन पा रही हैं ठीक है आपको देखिए ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ हाँ। इतना बता के निकल जाना है पर मैं एक जिम्मेदार शहरी के समान वक्त पर अपना मत डालकर आती हूं और चूंकि मत किसे दिया यहाँ गुप्त रखा जाता है तो इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती और फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है इससे अधिक नहीं बोलना है ना खराब ना अच्छा सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात को ठीक है क्लियर है अपने बारे में आप तैयार कर लीजिएगा हाँ। लिख लीजिएगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने लायक स्थिति होनी चाहिए और आप करेंगी क्या मीरज के सामने बैठ करके अपने बारे में बताने का प्रयास खुद को ही बताने का प्रयास करेंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट मैं आपसे लेना चाहूंगा आ, बंदना साहू जी अल्फाबेटिकली तो बुला लेता हूँ वंदना साव आप बंदना साव जल्दी करिए आप लोग देरी तो करेंगे वंदना जी अपना वीडियो ऑन करेंगे वंदना अगर नहीं सुन पा रही हैं तो नेक्स्ट बीना शर्मा से मेरी बात हो गई है नेक्स्ट नंदिनी आ जाओ नंदिनी आप लोग हाँ वंदना ऑन करिए लेट नहीं करना मैं बोलूंगा आप लोग कंसंट्रेट करिए तभी आप दूसरे को भी सुन पाएंगे बंदना अपना वीडियो ऑन करिए मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखना चाह रहा हूँ घबराने की बात नहीं कुछ कमी होगी तो मैं राय दूंगा ठीक है चलिए जी, आ, बंदना जी आ, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ सर मेरा नाम बंदना शाह है मैं उत्तर 24 चौबीस के टीटागर शहर से आई हूँ होल्ड ऑन मैंने क्या कहा आपसे बंदना प्लीज टेल मी अबाउट योर किस भाषा में मैंने पूछा सर इंग्लिश में तो आपको प्रयास करना है अंग्रेजी में बोलने का ठीक है उससे क्या क्योंकि बैंक में जाएंगे भले ही आप हिंदी अधिकारी बन के जाएं आपको केरल जैसे क्षेत्र कोई भी ऐसा मिला तो वहां अंग्रेजी में भी बोलनी पड़ सकती है ना दोनों भाषाओं पे कमांड देखा जाता है चलिए स्टार्ट माइ ने बंदना साव आई कम होल्ड ऑन सर आई एम बंदना साव ठीक है एंड आई कम फ्रॉम बोलने की जरूरत नहीं है ठीक yes. है ना तो आई एम ए ने जिला ऑफ वेस्ट बंगाल और फटाफट अपने अचीवमेंट के बारे में बता लीजिए Hindi, and uh, आई कॉन्टेक्ट कैमरे से आख हिली चाहिए हाँ चलिए अचीवमेंट तो है नहीं अरे बाबा अचीवमेंट नहीं है आ, सर आई तो आपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए बता दिया आप ये बता सकते हैं ना कि इसके पहले कोई परीक्षा पास की हैं जी सर जेष्टी हाँ तो सर आई है कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपार्ट फ्रॉम दिस आपने जीवन में कुछ तो किया होगा कुछ तो तरक्की किया होगा सर जो है पढ़ाई से रिलेटेड ही है पढ़ाई ही बताइए ना आपसे अगर तो कुछ पूछा नहीं जा रहा जो कुछ है जो पूछा जाए उस पर ध्यान देना है ठीक है चलिए नेक्स्ट नंदिनी ऑफ कर लीजिए अपने बारे में थोड़ा सोचिए दूसरे का प्रश्न लीजिए हाँ नंदिनी बाकी जो लोग बचे हैं वो भी ध्यान दें कि आप लोग जब मैं कहूंगा माइक ऑन करेंगे ठीक है आ, क्या बोलते हैं उसको माइक कह रहा पहुँ चलिए अपना कैमरा ऑन करेंगे और फिर बात करेंगे चलिए नंदनी कैमरा ऑन करिए ठीक है आ, फाइन नंदनी वेयर आर यू फ्रॉम सर आई एम फ्रॉम न सर <laughs> uh, uh, 24 PGS, and sir, I am from Kolkata mainly. आ, इतना क्यों मतलब थोड़ा नाम घबरा गए इंग्लिश में बोले नहीं थे ना इसलिए तैयार रखना अपने आपको ठीक है और आपको कैमरा जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे ना तो कैमरा आपको हाई लेवल पे रखना है नीचे नहीं रखना है ठीक है कोशिश करना कुछ नहीं चार पांच किताब रख करके उसके ऊपर रख लेंगे क्योंकि तो मैं वो देखना चाहता हूँ आई कांटेक्ट आपका कैसा जा रहा है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंदनी योर बायोडाटा यू हैव स्टडीड हिस्ट्री आल्सो यस सर आई हैव स्टडीड हिस्ट्री एज अ जनरल सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन उतना बोलने जरूरत नहीं है yes Uh, can you tell me who was was and what hey, was his uh, period? कैन uh, uh, was the मी हुट uh, so eye, uh, eye contact from... eye contact कॉन्टेक्ट कनेक्टेड आई कॉन्टेक्ट होल्डन सुनाई दे रहे आई कॉन्टेक्ट टूटना नहीं चाहिए इधर उधर नहीं देखना है ये uh, ये सब बता रहा है जैसे ये एक्टिविटी आपकी बता रही है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ठीक है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 तो नहीं होगा ध्यान रखना इन चीजों का पहले प्रश्न एकदम नहीं घबराना है सुनो बता रहे आपको यह सोचना है एकदम सरल होके बैठना है आपको यह सोचना है कि जैसे भैया बात करती है आप ठीक है या घर में कोई मेहमान आता है उससे बात करती है कॉलेज जाती है तो आप अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसर से कैसे बात करती हैं कोई भूत थोड़े बैठा है सामने ठीक है चलिए फाइन चूंकि नंदिनी आपने हिंदी से भी किया है हा ना? हाँ? बिल्कुल आ, क्या आप मुझे बता सकती हैं किसी ऐसे रचनाकार का नाम जिसने हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी रचना की हो भारतीय भाषाओं में सर रविन्द्र टैगोर उनने हिंदी भाषा में भी रचना की और बांग्ला भाषा में भी रचना की और कोई प्रेमचंद उन्होंने हिंदी भाषा में भी रचना की और उर्दू भाषा में भी रचनाएं की है और कोई आ, सर अभी याद नहीं आ रही है मुझे तीन नाम तो याद कर लीजिएगा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर सर ने एक और नाम, नाम है एक और नाम सर विद्यापति उन्होंने बांग्ला में भी रचना की है हिंदी में भी रचना की है मैथिली भाषा में भी रचनाएं की है आपको यह ध्यान रखना है कि जब आपके स्टेट की बात करे कोई और फिर प्रश्न किसी साहित्यकार का पूछे इस तरह का तो आपको उस साहित्यकार का नाम लेना है जो बंगाल से भी बात किया हो और अन्य भाषाओं में भी किया हो ठीक है रविन्द्रनाथ टैगोर भी तीन भाषाओं में लिखे हैं अंग्रेजी में भी ठाकुर ने भानु सिंह ठाकुर नाम से वो लिखा करते थे भानु ठाकुर नाम से मैथिली में लिखा करते थे बांग्ला में लिखने से पहले ठीक है चलिए ठीक है आ, अब नंदिनी टेल मी 5 पॉइंट्स अबाउट यू व्हाई वी शुड रेकमेंड यू फॉर दिस जॉब सर द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई शुड वी रेकमेंड यू फॉर दिस जॉब द सर द फर्स्ट पॉइंट इज आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एज आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट And, sir, second, I can work in this sector uh, uh, याद रखना इस पर लो, नोट कर लेक है yes, नहीं नहीं, नहीं आएगा, तभी तो हम सिखाएंगे yes. आप सभी लोग ये पॉइंट नोट कर लेंगे ठीक है चलिए नंदिनी चूंकि आज हम सिर्फ personality round पे बात कर रहे हैं ठीक है नंदनी आप मुझे यह बताइए कि आपके साथ पांच लड़कियां और आई हुई हैं इंटरव्यू देने पांच लड़कियां और आई हुई हैं आप किसको चाहेंगी कि हम रिकमेंड करेंट साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट इस तरह का प्रश्न वहां पूछते हैं हाँ। सर मेरे साथ पांच लड़कियां आई हैं और उनमें से मुझे छोड़कर अगर आप रिकमेंड करना चाहते हो सब अगर मैं तो, उसमें इंक्लूड हूँ तो सर सबसे पहले मैं अपने आप को बोलना चाहूंगी मैं मुझे छोड़कर तो बोलने के लिए नहीं बोला ठीक है हाँ, मैं, <laughs> मैं चाहूंगी पांचों को ले लिया जाए पांचों को लिया आप लिया क्यों बोलेंगे छोटकी नंदनी बड़की नंदनी या ये वो पांचों को ले लिया जाए मैं चाहूंगी पांचों क्वेश्चन समझ में नहीं आया था नहीं मुझे लगा ना कि अगर हम बोल देंगे कि किसी और को किया जाए तो बोला जाएगा कि आपको क्यों करें फिर इसलिए नहीं ध्यान रखना इस बात का ठीक है पांचों को क्यों जब ऑप्शन दिया जा रहा है पांचों को नौकरी दीजिए ठीक है चलिए आप ऑफ कर लीजिए नेक्स्ट नंदनी साहू इसके बाद पायल को बुलाऊंगा मैं हाँ नंदनी ऑन करें हाँ हाँ हो गया चलिए हो गया तो सामने आए वेरी गुड हाँ ये पर्सनलिटी अच्छा लग रहा है आपका आप मुझे नंदिनी जी अपने बारे में कुछ बताएं सर मेरा नाम राज है मैं कांकीनाडा में रहती हूँ मैंने अपने स्नातक स्नातक होल्ड, होल्ड होल्ड होल्ड होल्ड कांकीनाडा छोटा सा एक टाउन है कोई नहीं कांकीनाडा जाने का मान लीजिए आप कलकत्ता जा रही है तो भी आपको बताना है कि जिला जरूर बताना है सर उत्तर 24 पर जिले पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 पर अब जैसे स्वाती है स्वाती बेंगलोर में है बनारस की है तो वो बेंगलोर में बोलेगी कि मैं लमोहा की हूँ तो कोई समझ पाएगा नहीं। तो उसको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के इसी तरह से आपको अपना पहले राज्य राज्य के बाद फिर अपना शहर शहर के बाद टाउन बता सकती है ठीक है नंदनी आप अपनी पांच खासियत बताएं मुझे अपने बारे तो तो तो तो तो तो में बात है की मैं जो थान लेती हूँ मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और जिसमें मेरी रुचि रहती है वो काम करना मुझे ज्यादा पसंद है तीसरी बात सर मैं थोड़ी जिद्दी हूँ तो नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। बोली बोली सुन रहा हूँ ठीक है सभी लोग अपनी पांच अच्छा कम से कम लिख के रखना है ना जाए अपनी तरफ से मेंटली तैयार रहना है ठीक है नंदनी आप मुझे यह बताइए की मैं देख रहा हूँ आपने एम ए हिंदी से किया है और 64 परसेंट स्कोर किया है ठीक है आपने 64 अरे जो भी है जो भी हो मैं देख तो नहीं रहा हूँ ना आप <laughs> मैं बताऊंगा ठीक है आपने 64 परसेंट स्कोर किया है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप कलकत्ता कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कौन सा प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय सर हाँ प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की कुछ खासियत बता पाएंगे आप मुझे जी सर पहली खासियत ये की जो हमारे पहले पूर्व राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद वो आ, आ, उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना किया है कॉलेज और साथ ही आ, आ, हमारा जो सेमिनार है उनके नाम पर ही है हिंदी सेमिनार और सर दूसरी बात राजा राम मोहन रॉय भी उस कॉलेज से उनका सर उन्होंने भी पढ़ाई की है होल्डन होल्डन होल्डन जी सर आपका विश्वविद्यालय आपके विश्वविद्यालय का हिंदी के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है चलिए मैं बता देता हूँ हाँ पहले इसे हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता था जी सर और पहली जो एम ए की पढ़ाई हुई है सी विश्वविद्यालय से शुरू हुई है जी 2011 में उसके पहले पहले नहीं हुआ था। कॉलेज था और 2011 से विश्वविद्यालय बना है प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसे हिंदू कॉलेज कहा जाता था जो भी हो तो इसका यह भी इतिहास रहा आप देखिएगा शायद पहले जो अंग्रेज से जिन्होंने उन्होंने हिंदी की शिक्षा की थी कुछ है आप एक बार हिस्ट्री इसका देख लीजिएगा ठीक है नहीं। आ, के लिए मुझे आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज आगे देखना था इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ कल फिर हम फुल फुल्ड राजभाषा पे चर्चा करेंगे ठीक है चलिए कैमरा ऑफ कर लीजिए नेक्स्ट कौन है आ, इसके बाद बीना शर्मा जी से बात हो गई मेरी वंदना शाह बीना शर्मा नंदिनी पायल पायल नाइट ऑन करें आ, ये कैमरा ऑन करें आज सिर्फ जनरल राउंड घबड़ाना नहीं मैं सिर्फ आ, बताया ना कि वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आपका पर्सनालिटी सर आपकी आवाज पर्सनलिटी बॉडी लैंग्वेज तो मैं उस पर आज बात करने आया हूँ मेरी आवाज नहीं आ रही है हेलो मेरी आवाज आ आ रही रही है है जी सर आपकी आवाज आपको फिर फायल अपना माइंड एक बार और ट्राई करिए चलिए ठीक है नेक्स्ट और कौन बचा है पायल के बाद कोई और बची है जिनसे मैंने बात ना किया हो कोई और बची है बताएं मुझे नहीं, सर, कोई और नंदिनी दोनों नंदिनी से बात हो गई पायल हाँ, करो पायल हाँ कर लियो मैं नहीं देख पा रहा हूँ हाँ वेरी गुड पायल ध्यान रखना है आपके चेहरे पर घबराहट के निशान आ रहे हैं ठीक <laughs> है आप अगर हमारे सामने घबरा रही हैं तो इंटरव्यूंग ऑफिसर के सामने कितना घबराएंगी मुझे तो जानती है ना देखा कभी मेले में सब्जी बेचते हुए <laughs> बताया था ना मैंने कि <laughs> एक लड़के ने बताया था ना मुझे की बोला अंकल आपको मैंने कहीं देखा है तो मैंने पूछा बेटा कहाँ देखा है तो बोला वो मेले में सब्जी बेच रहे थे ठीक है चलिए आसानी से बैठी पायल अबाउट योरसेल्फ। यूर सर आई है बहुत जल्दी नहीं बोल गई हेलो हाँ मैंने कहा बहुत जल्दी नहीं बोल गई अरे इतनी घबराहट को आप आज आप कल सवेरे अपने बारे में अपनी मम्मी को बताएंगे समझ थे लेंगी थे कि मम्मी मेरी इंटरव्यूइंग ऑफिसर है मम्मी को सामने बैठा लेंगी और अपने बारे में कम से कम सात आठ लाइन बोलना है ठीक है मम्मी पापा या भाई किसी को बैठा के कल जब आप एक बजे मिलेंगी हमसे तो ध्यान रखना मेंटली प्रिपेयर रहना यह प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है चलिए आ, और कोई बच गया हो जिनसे मैंने बात नहीं किया हो फिर सेकेंड राउंड में शुरू करूंगा कोई और बच गया है वंदना साहु जी आपसे बात हो गई हमारी जी सर अच्छा वंदना से हो गई बीना से हो गई नंदनी से हो गई अगेन स्वाति पांडे हाँ स्वाति पांडे फिर से आप माइक कैमरे पे आइए स्वाति हा ठीक है मेरा इसका नेटवर्क लगता है गया ठीक है स्वाति आप मुझे एक चीज बताएं आप हिंदी अधिकारी के पद के लिए आई हैं है ना हिंदी अधिकारी का बैंकों में काम क्या होता है जरूरत क्या है हिंदी अधिकारी की बैंकों में सर चूंकि मैं बैंक में एक राजभाषा अधिकारी के तौर पर आ रही हूँ तो हाँ? मूलतः मेरा काम जैसा की हमारा भारत का संविधान बताता है कि जो हिंदी का कार्यकाल है हिंदी का सारा काम आप तो प्रश्न नहीं समझ पाई बाकी लोग भी ध्यान देंगे पर। मैंने आपसे क्या पूछा है कि मेरा बैंक में क्या काम है मैंने आपका काम तो नहीं पूछा राजभाषा अधिकारी का क्या काम है क्या जरूरत है मैंने कहा काम और जरूरत में अंतर समझिए जी राजभाषा अधिकारी की जरूरत क्या है बैंकों में सर जो धारा तीन तीन में जो चौदह दस्तावेज दिए गए हैं उन सभी के अनुवाद का जो सुनिश्चित है वो अनुवाद तो करता ही नहीं हिंदी अधिकारी पड़े तो कार्य नहीं है पर जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगी आप, और मेरा प्रश्न होल स्वाति होन मेरा प्रश्न समझ नहीं पाई मैंने आपसे पूछा की बैंकों में आखिर हिंदी अधिकारी की जरूरत क्या हो सकता है थोड़ा बढ़ा के कहें कि भाई बैंक का काम तो मूलतः क्या है पैसे का लेन देन करना उधार देना इंटरेस्ट कमाना सरकार को डिविडेंड देना तो इसमें हिंदी अधिकारी क्या जरूरत है हिंदी अधिकारी यहाँ रह पूछा जा सकता है आप में से और कोई जवाब देना चाहे एज अ वॉलंटियर मैं आप लोगों की सुन लू फिर मैं बताऊंगा सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ हाँ बोल दीजिए सर uh, हिंदी का प्रचार प्रसार करना और राजभाषा की नीति में जो हिंदी के जितनी भी uh, बातें लिखी गई हैं उन uh, सभी का uh, उन सभी का सपोर्ट उन सभी चीजों का समर्थन करना और उसमें uh, मैं मैं बताऊंगा बताऊंगा थोड़ा सा आप नजदीक जाकर फिर दूर हट जा रही और कोई बताएगा पायल नंदनी वंदना इस प्रश्न का जवाब कोई देगा बीना अरे आप लोग बोलिए सीखने बैठे है ना हाँ नंदिनी बोलिए सर पहला है कि सर हिंदी का विकास करना अगर हम कर, uh, किसी वीडियो ऑन करके वीडियो ऑन करके जो भी आप सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए बेटर रहेगा तो बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ेगा हाँ चलिए हाँ, कि uh, हिंदी, हाँ, का, uh, हिंदी का हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे साथ ही अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पे uh, हिंदी भाषा दे हुआ नहीं हुआ नहीं हिंदी तरफी बोलेंगे नंदिनी आप बोलो नंदिनी, तैयार बनना आप लोग वीडियो ऑन करें। बोलिए धारा नहीं। अनुदीन इक्यावन के अनुसार एक राजभाषा अधिकारी और हिंदी अधिकारी का ये काम होता है कि वो आ, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे नहीं नहीं।, नहीं। माइक ऑन करो चलो बंदना आप बताओ बंदना बिना वो, वो वीडियो ऑन कर लिए। बंदना आप इस प्रश्न का जवाब आवाज नहीं आ रही बंदना आपकी हेलो आवाज दे रही है हेलो एक मिनट बंदना सुने। हाँ, बंदना जी सर सर जैसे संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना जब उसका विकास करना तो यह नहीं, नहीं नहीं आप एक स्टेप आगे बढ़े ठीक है बिना आप बताइए बिना गाय पायल बोलो सर एक बार क्वेश्चन मैंने पूछा कि बैंकों में हम लोग तो भाई व्यापार करते हैं पैसे लेन देन सरकार को डिविडेंड देना तो हमारे यहाँ हिंदी अधिकारी की क्या जरूरत है सर हिंदी अधिकारी सर हिंदी भाषा का प्रचार करना सर और शब्दी का निर्माण सर हाँ अच्छा मैं चली नही आप बताए मैं बता देता हूँ तो तो भारत का एक संविधान पता है आपको सबको पता है ना जी, हाँ या ना जी जी या सर भारत का भारत का जब संविधान बन रहा था तो भारत का एक झंडा है पता है आप लोगों को भारत का झंडा है तो भारत की जो भाषा है भारत के संविधान में यह लिखा गया है कि भारत की राजभाषा सरकारी कार्यालयों में कामकाज की जो भाषा है वो कौन सी होगी राजभाषा क्या होगी हिंदी हिंदी होगी और भारत की जो राजभाषा होगी उसके कार्यान्वयन और क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन आप कह सकते हैं ठीक है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत के हर सरकारी कार्यालय बैंकों में और जितने PSU है, PCU क्या कहते हैं पीएससी को हिंदी राजभाषा नियम यह है राजभाषा का कार्यान्वयन हो राजभाषा नीति का कार्यान्वयन हो इसकी देखरेख के लिए यह नियम बनाया गया है कि हर सरकारी कार्यालय में जहां पर पचास तक कार्य कार्मिक हैं वहां एक हिंदी अनुवादक 50 से 75 हैं वहां दो हिंदी अनुवादक और जहां 75 से 100 अथवा 100 से ऊपर हैं 100 से अधिक हैं वहां एक हिंदी अधिकारी भी नियुक्त किया जाए और मूलतः संवैधानिक दायित्व तो है हर कार्यालय का अपने कार्यालय प्रधान का यह दायित्व तो है कि अपने कार्यालय में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए या जो राजभाषा नीति है उसके कार्यान्वयन का भार उठाए उसके कार्य में सहयोग के लिए बैंकों में विशेषकर उसके कार्य में सहयोग के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है क्लियर है मेरी बात समझ पाए आप लोग जी ठीक है आपको उसको कहना है कि यह तो संवैधानिक दायित्व तो है कि राजभाषा का कार्यान्वयन तो और राजभा क्या अब कर रही है कर लीजिए तो यह पायल आप भी ऑफ कर सकती हैं, ठीक है थीके? तो यह जिनको आवश्यकता ना हो ऑन रखें मैं जस्ट वो आई कांटेक्ट आपका देखना चाह रहा हूं ठीक है तो आपका यह दायित्व तो है कि एज ए प्रशासनिक प्रधान कि आपके कार्यालय में राजभाषा का कार्यान्वयन हो तो उसके लिए आपको एक विशेषज्ञ रखना पड़ेगा ना उसके लिए राजभाषा अधिकारी का ये संवैधानिक निर्वहन है नहीं तो कब का निकाल के फेंक देते बोलते हमको नहीं चाहिए राजभाषा अधिकारी ठीक है देख लीजिएगा अब मैं थोड़ा सा अंदर घुसता हूं हा आप में से मुझे कौन बताएगा हाँ हेडसअप करेगा आप में से मुझे कौन बताएगा कि कार्यालय में राजभाषा के देखरेख के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा नियम है या कौन सा अधिनियम है या अधिनियम का कौन सा हिस्सा है नोट करें पॉइंट नोट करिए आप लोग जो मैं बता रहा हूँ नोट चलिए कैमरा ऑफ ऑफ कर हाँ, कर कर लीजिए लीजिए कोई दिक्कत नहीं नहीं अगर कंफर्टेबल comfort, uh, लग रहा है तो आप कैमरा ऑफ कर सकती हैं ठीक है नहीं प्रश्न लिख लिया आप लोगों ने आपको यह प्रश्न लिखना है कि कार्यालय में राजभाषा अधिकारी या हिंदी का हिंदी के जो कार्मिक हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या प्रावधान है यह अनुदेगा ठीक है, है। चलिए आप सभी लोग थोड़ा सा राजभाषा चर्चा कर लेते हैं अभी मिनट समय है मेरे पास स्वाति पेन नहीं खाना इंटरव्यू के दौरान ठीक है बिस्किट उट खा सकती है अलाउड है मुझे एक चीज बताए राजभाषा नियम क्या है नियम कौन सा है राजभाषा नियम उन्नीस वेरी गुड उन्नीस का नियम 10 चार क्या कहता है बैंकों के बारे में uh, बैंकों के विषय में yes. बैंकों के विषय में जानना चाहता हूँ नियम 10 चार नोट करें आप लोग डायरी में प्रश्न नोट <laughs> प्रश्न नोट करिए नंदनी नोट करो ये सोचने में ही समय बिता रही है नोट आप लोगों ने नियम 10 बताएं दश्चार में क्या लिखा है है सर जो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे पढ़ा है, वो बता देती हूँ बट ये नहीं पता कि वो स्पेसिफिकली बैंक हाँ, के लिए क्या बोलता थीके। थीके। है कोई भी आ, आ, कोई भी आ, जो कार्यालय होता है उसमें कार्मिकों को हिंदी की हिंदी का कार्य साधक ज्ञान अगर 80 प्रतिशत को है तो उ, उस कार्यालय को कार्यसाधक ज्ञान के कार्मिकों का माना जाएगा और जो और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त जो अधिकारी है वो राजप्रथ में अधिसूचित करेगा कि ऐसे कार्यालय ऐसे कार्य ऐसे कार्यालय हिंदी कार्यसाधक ज्ञान के कार्मिकों कार्मिकों ऐसे कार्यालय के कार्मिकों को हिंदी कार्यसाधक का ज्ञान प्राप्त है और नहीं, अगर नहीं है तो भी संख्या घट जाती है तो जी चार्थी, चार्थी, हो हो दाने, बता दाने। दाने। दाने। कौन बोला सर, मैं। सर, है बताइए सर सर हिंदी में कार्य प्राप्त उनका राजपत्र में नाम अधिसूचित करवाया जाएगा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो नियम दस चार है नियम दस चार यह कहता है की यदि कार्यालय में आवाज़ फ्लक्ट uh, कर रही है आपकी। आपकी। आवाज़ आवाज़ नहीं आ आ रही रही चलिए है है अभी। थी? जी। ठीक मैं दूसरा वीडियो ऑन कर, कर लेता देखिए नियम लेना कहता है कि यदि कार्यालय में 80 प्रतिशत से अधिक लोग कार्य साधन देखते हो तो, तो कार्यालय अधिसूचित करवाना पड़ता है अधिसूचित का मतलब होता है कि भारत सरकार के गजट में आपके कार्यालय का विवरण प्रकाशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में अस्सी प्रतिशत तो से अधिक लोग हिंदी का कार्य साधन याद रखते हैं आवाज है। सर। अब ठीक है अभी का आवाज आ रही है जी सर हां हाँ एक्चुअली फोन हैंग कर गया तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कार्यसाधक ज्ञान है तो अधिसूचित कराना पड़ता है भारत सरकार के राजपत्र में राजपत्र मतलब बजट में अब जब आप अधिसूचना के लिए लिखेंगे मान लेते हैं आपको जो भी बैंक मिला मान लेते हैं मदिनीपुर यूनियन बैंक मिला कलकत्ता का उसकी मुख्य शाखा अधिसूचित है तो ऐसी शाखा में क्या क्या करना होता है दस क्या लागू होता है तई <coughs> नहीं ध्यान आ रहा है बैंक में आप है ना आप बैंक के परिपेक्ष में सोचें कि बैंक में क्या, क्या क्या काम होता है क्या क्या, क्या काम होता है बैंकों में नंदनी क्या -क्या, क्या क्या काम होता है बैंक में लोन देना, पत्रा पैसा जमा कराना, और, और, स्वाथी, क्या, क्या-क्या होता है बैंक में सर बैंकों का जो मूल काम होता है वो होता है लोगों का जो जमा है उसको स्वीकार करना और उनको लोन देना और मु, जो मूल डेफिनेशन है वो यही है और बैंकिंग के कोई, कोई, बता देता हूं देखिए बैंक का सबसे पहला काम है कि बैंक में कोई पैसा जमा करता है या निकालता है पहला काम होता है ना हम बैंक किस ले जाते हैं पैसा निकालने और जमा करने तो पैसे निकालने का मतलब जो विड्रॉवल फॉर्म होता है वह अगर कोई हिंदी में लिख करके देगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे अगर अधिसूचित है शाखा तो उसके बाद क्या होता है दूसरा काम क्या है बैंक में पैसे निकालने के अलावा हम किस लिए जाते हैं स्टूडेंट या आम किस लिए जाते हैं हम बैंक में? दूसरा काम क्या होता है हमारा बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है कभी तो आप लोगों ने हाँ सर डिमांड बनवाया डिमांड डिमांड ड्राफ्ट के लिए अगर कोई हिंदी में आवेदन करता है तो उसको हिंदी में बना हुआ डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा दूसरा काम हो गया अगर चाहे ब्रांच में जैसे आप काम कर रही हैं, तो या तो कस्टमर की इच्छा पर या फिर आप खुद रिक्वेस्ट करके उसे हिंदी में डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकती हैं, ठीक है थीके? उसके बाद क्या काम है अगला काम क्या होता है अगला होता है पेमेंट ऑर्डर पेमेंट ऑर्डर क्या होता है लोकल ब्रांच में होता है जैसे मान लीजिए आप आईसीआईसी बैंक की कस्टमर हैं आईसीआईसी बैंक कलकत्ता से चौरंगी से आईसीआईसी बैंक धर्मतला को एक देना है लोकल में देना तो उसको ड्राफ्ट बाहर के लिए जारी करते हैं तो उसे पे ऑर्डर कहते हैं लिख तो लीजिए पे ऑर्डर हिंदी में जारी करना पी ए वाई पे पे ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर कह दीजिए लिख <laughs> उसके बाद लिख लिया आगे बताऊ बैंक वाले दो तरह का कार्ड देते हैं कौन कौन सा डेबिट और क्रेडिट डेबिट और और क्रेडिट क्रेडिट तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इनके स्टेटमेंट और इनका पूरा विवरण हिंदी में उपलब्ध कराएं और क्या होता है बैंकों में हम और आप क्या करने जाते हैं बैंक में फाइनेंशियल so uh, मतलब जैसे हाँ। पैसा निकाला वो तो हो गया इसके बाद पैसा फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं ना एफडी हाँ, तो है डिपॉजिट की जो रसीद है वो हिंदी में जारी करें वो खाली की वर्ड सीखते चलिएगा फिर अगर आपका बैंक में खाता है तो खाते के साथ और क्या मिलता है बैंक पासबुक के साथ आपको क्या मिलता है एटीएम कार्ड चेक मिलता है और क्या मिलता है मिलता है चेक बुक मिलता, चेक तो मिलता तो चेक गया। गया। है चेक चेक बुक बुक मिलता है वेरी तो संबंधित जितना कम्युनिकेशन है लिख लीजिए चेक बुक से संबंधित जितना कम्युनिकेशन है मतलब पत्राचार हो गया उसके बाद एक चीज और होता है जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा ऐसा जमा करते हैं तो क्या लोग ऐसे थैले में रखे दरवाजे में बंद कर देते हैं ऐसा करते हैं क्या करते हैं आप लोग पैसा जमा करेंगे तो उसका हिसाब किताब कहीं रखते हैं ना तो कहाँ रखते हैं उसका हिसाब किताब क्या बोलते है तो? अकाउंट बुक बोलते हैं। लेजर लेजर अकाउंट लेजर, लेजर हाँ तो जो लेजर है लिखी लीजिये इसको लेजर में एंट्री हिन्दी में होगी ठीक है चले तो उसके बाद लेजर के बाद जैसे बैंक में लोग काम करते हैं ना कर्मचारी तो जो लोग काम करते हैं बैंकों में तो कैसे पता चलेगा कि रोज आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ पता होगा ना सर बायोमेट्रिक अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना हाँ सर अटेंडेंस रजिस्टर को मस्टर रोल बोलते हैं मस्टर लिख लीजिए एमयूएसटी मास्टर रोल जो है वह हिंदी में होगा मास्टर रोल सही हिंदी में बता बोल था था करना। करना क्या बोल रही स्वाति सही ये जो अटेंडेंस को आप मास्टर रोल बोल रहे हैं ये हिंदी में होगा या हमें प्रिपेयर करना होगा बिंगराज बिंगाराजी भाई आपको कुछ नहीं करना मैं आपको नियम दस चार के बारे में बता रहा हूँ बैंक में नियम दस चार के अंतर्गत जो अधिसूचित बैंक है, उसमें ये ये चीज़ हिंदी में किया जा सकता है, ठीक है आपको क्या करना है हम बाद में बात करेंगे। मास्टर रोल के अलावा, जैसे बैंक वाले चिट्ठी भी तो लिखते होंगे ना, तो चिट्ठी लिखते होंगे तो उसकी कहीं एंट्री होती होगी ना पार्थि पांडे को भेजा बीना शर्मा को भेजा तो उसके लिए रजिस्टर होता है ठीक है उसके बाद आपने बैंक में खाता खोला तो पासबुक मिला है ना जी तो पासबुक में एंट्री करवाते हैं लिखिए पासबुक एंट्री ठीक है चलिए उसके बाद कस्टमर सर्विस भी होती है ना कुछ बैंकों में जैसे मान ली आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है या नए एटीएम लेने जा रही है तो <laughs> कस्टमर सर्विस जो भी है बात करती है ना ये दबाए वो दबाए नहीं तो गला दबाए ऐसे बोलता है ना बैंक वाला तो कस्टमर सर्विस अगला लिखिए फिर जो भी कर्मचारी काम करते हैं वो छुट्टी भी जाएंगे ना तो लीव लिखिए लीव ऑफ एम्प्लॉय लीव के बाद प्रोविडेंट फंड पी एफ प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉइज कैसे ना तो लीव ऑफ एम्प्लॉय का सुन नहीं पाए बिना फिर से बोलिए लीग ऑफ दो होता है सर। आ, मैं रहा। कहीं, आवाज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं जो बताता हूँ उसको नोट करते चलिए फिर कल हम चर्चा करेंगे इसी समय आगे लिखिए चिट्ठी भेजी जाती है तो किसमें चिट्ठी किसमें डाल के भेजते हैं But, आप चिट्ठी भेज रही हैं मान लीजिए पापा को पोस्ट बॉक्स में में. में. भगवान. डाल अच्छा इनवेलप लिफाफा चिट्ठी लिखेंगे तो कहा ठीक <laughs> है तो इनवेलप पर पता हिंदी में लिखना ठीक है उसके बाद कर, मैं एक एक दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि याद रहेगा आपको उसके बाद है ट्रेवलिंग अलाउंसेस टी ए कर्मचारियों का ट्रेवलिंग अलाउंसेस से संबंधित विवरण वी, उसके बाद है हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस हाउस बिल्डिंग एडवांस घर और बनाएंगे ना जब नौकरी पाएंगे तो घर के लिए होम लोन लेते हैं तो कर्मचारी जो है उनके हाउस बिल्डिंग एडवांस का और बीमार उमार पड़ेगा स्टाफ तो उसके मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए या उसकी जो भी मेडिकल चीजें हैं मेडिकल फैसिलिटी उसका जो रजिस्टर होगा वह हिंदी में होगा उसके बाद आप एजेंडा एंड मिनिट्स एजेंडा कार्यवृत्त और कार्यसूची हिंदी में कहें तो कार्यवृत्त और कार्यसूची यह हिंदी में होगा याद रहेगा इतना जी ठीक है तो आज मैंने आप लोगों को बताया पर्सनैलिटी बेसिकली हाउ टू फेस द चैलेंज ठीक है बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा बताया एक दिन और बताऊंगा और अपने बारे में कैसे बताना यह बताया मैंने और आज एक अंश मैंने राजभाषा अधिनियम से राजभाषा नियम से छेड़ा है ठीक है आज की चर्चा हम ही समाप्त करेंगे अगली चर्चा में फिर हम और विस्तार से जानेंगे कोई और प्रश्न हो तो मुझे बता सकते हैं तो कल फिर हम प्रयास करेंगे इसी समय जुड़ने का। आप ऑफलाइन वालों को बता दीजिए एक बजे हम बात करेंगे नंदनी ठीक, ठीक है सर मैं बोल देती हूँ हाँ ऑफलाइन वालों को हम बता देंगे एक बजे हम लोग इ टूल्स पर बात करेंगे ठीक चलिए कोई और प्रश्न हो तो बताए बोला तो एकदम